भैया एक गोल्ड देना मैडम कुछ मदद कर दो भैया एक गोल्ड मेरे को भी दे देना भैया खुल्ले है पूरा पैकेट दे दो और सुनो मैडम के पैसे मेरे में से काट लेना शानदार <laughs> विचार रखते बच्चे <laughs>